यार प्रेम यार मेरी शादी फिक्स हो गई यार समझ नहीं आता शादी है क्या चीज शादी एक खूबसूरत जंगल है जहाँ पर बहादुर शेरों का शिकार खूबसूरत हिरणिया करती हैं हाँ शादी मतलब अजी सुनते हो उससे लेकर बहरे हो गए हो क्या तक सफर शादी मतलब कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफर शादी मतलब आप मुझे बहुत नसीब से मिले हो से लेकर नसीब उठे थे जो आप मुझे मिले तक का सफर शादी अच्छा बड़े सालों बाद आया आज मेरा भाई इंडिया वेलकम ब्रो अरे अरे ये क्या कर रहे हैं अब हमारी देश की मट्टी में वो खुशबू नहीं रही भाई ये मट्टी नहीं टी उठा ली तू जरा सा पाद मैं अरे ना थोड़ा तो पाद मैं ना धीरे से पाद नुमा अर ना निकल गई मेरी हवा दोस्तों आप ये जो सारी इमोजी देख रहे हो मैंने एक बात पता लगाई है कि इनके नाक नहीं अब आप इनके नाक के बारे में सोच रहे होंगे तब तक मैंने दूसरी बात भी पता लगा लिया की इन सब कान भी नहीं अब आप इनके नाक और कान के बारे में सोच रहे होंगे दोस्तों तब तक मैंने एक तीसरी बात भी पता लगा लिया है की इन सबके तो बाल भी नहीं है अब आप नाक कान और बाल के बारे में सोची रहे होंगे दोस्तों तब तक मैंने चौथी बात भी पता लगा लिया कि ये सारे के सारे जुड़वा हैं अब आप नाक कान बाल और जुड़वा के बारे में सोचे रह होंगे दोस्तों तब तक मैंने एक पांचवी बार भी पता लगा लिया है की इन सभी को पीलिया है अब आप नाक कान बाल जुड़वा और पीलिया के बारे में सोचे रह होंगे दोस्तों तब तक मैंने एक छठी बार भी पता लगा ली है सबको तो पीलिया है ही लेकिन वो जो कोने में है उसको बुखार भी है उन्नीस सौ चौहत्तर में आई रोटी 1982 में आई नमकीन 2005 में आई चॉकलेट 2006 में आई सैंडविच 2010 में आई खिचड़ी 2009 में आई आलू चाट 2012 में बर्फी 2014 में पिज्जा चौवालीस साल बाद तब टॉयलेट आई दो, दो। भाई, अरे रहे। भाई मेरी भी मर गई कोई नहीं नीस रहा अरे भाई वो दिक्कत थोड़ी है तू रु रहा है बैं भाई बैं। अरे कोई बोल पानी मम्मा नहीं नहीं बता ना मेरे को बता भाई एक हफ्ते पहले ना मेरे दोस्त की मम्मी की डेथ हो गई सब और दोस्त तो को कहती है की बेटा देखो तेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे तो ये तो अच्छी बात है ना तो भाई एक हफ्ते पहले मेरे दोस्त के पापा की डेथ हो गयी सब उसको कहते बेटा देखो तेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे अब तो इसमें रोक रहा है आठ दो दिन पहले मैंने अपनी बीवी मार दी कोई माँ की बेहद नहीं आके बोला मैं बीवी की दे <laughs> मैम आपका टोटल बिल हुआ है फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड बट सर अनफॉर्चुनेटली हमारा कार्ड मशीन चल नहीं रहा हाँ परम चल रहा मैम। बट मेरा फोन तो डेड है कोई बात नहीं मैं राय फौलाद जैसी है बड़ी पक्की अब सारे बोलो तेरा भाई सर मेरी रिपोर्ट आ गई अरे यार इसमें तो ऐसा है कि आपकी कितनी फेल हो चुकी है <laughs> सर कितने मार्च से फेल हो गई <laughs> यार ये कंपनी वाले भी कितना झूठ बोलते हैं क्यों यार एशियन पेंट लिया था उसमें लिखा सालों सालों साल साल चलेगा भाई देख एशियन पेंट साल चले ना चले ना पर उसकी बाल्टी दस साल तक नहाने के काम आती है अच्छा आज फिर दारू पी के आया है इतनी क्यों पीता है तू आखिर क्या रखा है इस दारू में पापा दारू पीते ही टेंशन खत्म हो जाए अच्छा मैं कैसे विश्वास कर लू पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें पप्पू तुम कभी पढ़ते भी हो हाँ मैडम मैंने तो कभी नहीं देखा मैडम आप नाती हो हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा डॉक्टर यूं कह रहे हैं सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है हाँ हाँ तो सही कह रहा डॉक्टर घंटा सही कह रहा मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को फ्राई हो जाता है यो, यो। <laughs>